तो पायल ले मार के तो अखिया दीवाना दीवाना दीवाना बना ले गौरिया बना ले घोरिया दीवाना बना ले झिली मिली साड़ी तू झुमक पाई सजा के लिए गोरिया मीठा मीठा बोल के तो बतिया उसे ढिली मार के तो अखिया दीवाना दीवाना दीवाना बना ले गौरिया असक बना ली बना ले गौरिया अस के बना ले गौरिया